ठीक बात राजा राजा राजा हमारा कॉमेडी वीडियो देखने के लिए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल का घंटी भी दबा दें। अरे ला तो जन्मल कैसे चीज़ ये कारण का कहते ठीक बाट है हम कारण का कहें रोलो में रोई तब ये ठीक ठीक ठीक नहीं भाई बादा। बादा। आ, हमने के आई नहीं बाबा, बाबा के के आई एक है अरे हमारे सोलह लोग बड़बड़ा जाबड़ गई ऐसा नहीं करा जा ये बाबा हमारी दुखाबास होनी है बाबा भैया भाई भाई हो जाएगी आपने भाई भाई कहाँ था नहीं है बाबा की भाभी बचिया छुआ कभी नहीं भाई हम निकल गए एक्टर रुकिया रोहाल ये बाबा भूख लगा लाया हमने कि हम जाते नहीं खाना बनाते नहीं यार बाबा ये बाबा हम कहीं भी इधर वहाँ है तीन रजिया के आ ट नोट रोटी बनौनी है बाबा जो 50 साठी खून की तरफ के कल्याण को लेकर कोई नहीं आया जो लोगों को घराने को दिखाई दे रही है ये आप अलग-अलग तरह मेरा कराब रहना चाहिए अमिताभ बाबा लगता है और खून को कोई हो मेरा कोई कोई कोई ना जब खूनी है तो मार्ग के मार्ग पर खूनी है अच्छा जाने लगा लोगों को लगता है जाने लगा लोगों को लगता ह� आम oh, no, no, no, no. <laughs>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 देखा हुआ है कि बात बहता है कि परेशान चली आ, तो तो आ पर पर रही है। तो ये उम्मीद सामने आएगी तो क्यों ये ना आएगी? इस चक्कर में शायद क्या है? तो बाबू कुमार असीब बात निकलेगा। माय गुरु आगे जवाब मनिया के लिए तो सही बात चला है इसलिए वो सजावाज़ नहीं करेंगे। बीया बीया आ गए तेरे घर चला गई यार सुना अब हम तो मन फनिया को नहीं किया है दादा लेकिन चुप ये बात नहीं मान पाता है हम के मामला खुलता है दादा थाया जब जल्दी जल्दी आना ये पापा अरे इंतजार एक बात की आई दादा ने उन्होंने कहा दिए के अंदर आता हुआ आई ये दादा पापा मैं तुम्हें एक यात्रा ले दादा अरे भाई अरे भाई आय का क्या है अपना बिजनेस मन मार दो हम के चाहो बहुत लगी धारा मोको आय का पैसा पैसा चाहिए कारोबार का टिका है टिका और हम नहीं हो डर आप बाबा की सतवा पी सात दे लीती नाम है आ खाद में कट जाइए ठीक बात नहीं इतना छोड़ा करिया हमारा कमेडी वीडियो देखने के लिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और रेल का घंटी भी दबा दें